मिन्ता रसोई में आपका स्वागत है आज हम बनाने वाले एक हेल्दी ड्रिंक शेक तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें जितने भी इंग्रीडियंट्स चाहिए वो सारे ही सारे हेल्दी हैं और हमारे सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है तो इसके लिए हमें चाहिए काजू बादाम अखरोट और मूंगफली शहद हमें चाहिए इसके लिए बेरीज़ और अब हम लेंगे मिक्सर ग्राइंडर मिक्सर ग्राइंडर में हम डाल देंगे बादाम और मूँगफलियाँ इन दोनों को हम पहले ग्राइंड कर लेंगे क्योंकि ये दोनों चीज़ें थोड़ी कड़ी होती हैं तो इन्हें हम पहले ग्राइंड कर लेंगे और हमारे जो काजू हैं और अखरोट जो हैं उन्हें हम बाद में भी ग्राइंड कर सकते हैं आप चाहें तो इन दोनों को साथ में ग्राइंड कर लें या बाद में कुछ फ़र्क नहीं है आप दोनों साथ में या फिर दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं ग्राइंड तो जैसा हमने आपको बताया था कि हम इन्हें बाद में ग्राइंड करेंगे तो हम इन्हें बाद में ही ग्राइंड कर रहे हैं तो देखिए हमारे जो अखरोट और काजू हैं तो इनका जो हमारा हमने जो इनका पेस्ट बनाया है वो थोड़ा गीला है तो इससे हमारा जो पाउडर है वो ख़राब तो नहीं होगा लेकिन ये अखरोट और काजू जो हैं उनमें थोड़ा गीलापन रहता है थोड़ी इनमें मॉइस्चर रहता है इसलिए हमारा जो पेस्ट बना थोड़ा गीला है अब हम इन दोनों पेस्ट और अब हम इतने पूरे मसाले को अपने ग्रीडियन को मिक्स कर लेंगे यह एक बहुत अच्छी रेसिपी है यह आप आप इसे चाहे सुबह रात को कभी भी पी सकते हैं आप इसे इस पाउडर को आप दूध में मिक्स कीजिए और हमारी रेसिपी बिल्कुल सिंपल है आप इसे कभी भी बना सकते हैं और इसके लिए बिल्कुल हमें कुछ ही इग्रीडियट्स की ज़रूरत है बिल्कुल छटपट बनने वाली रेसिपी है ये और अब हम एक आचा ग्लास लेंगे उसमें अपना ये जो हमने पाउडर बनाया है उसको हम डाल आप एक चम दो चम्मच हमने डाला है आप चाहे तो कम भी कर सकते हैं और अब हम डालेंगे इसमें दूध दूध हमने आप दूध को आप थोड़ा गुनगुना करके डाल लीजिए या फिर आप ठंडा दूध भी डाल सकते हैं और अब हम इसे डालेंगे दो चम्मच शहद और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे आप इसमें चाहें तो चॉकलेट्स भी डाल सकते हैं और ये चॉकलेट के साथ भी बहुत अच्छा लगता है और बिना चॉकलेट के भी बहुत अच्छा लगता है तो अब हम हमने हमारा जो पाउडर था आप उसको इसमें अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि इसमें कोई लम्स ना रहें और ये अच्छे से आपके जो दूध में मिक्स हो जाए तो लीजिए हमारा जो मिल्क शेक है वो बन तैयार है देखिए ये बहुत एक हेल्दी रेसिपी है आप इसे जब चाहे बना सकते हैं और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए बाय बाय